हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयो आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक कंटेंट और है हमारे पास ये वीवो का Y9 है Y19 है जैसा कि आप देख सकते हैं वीवो का ये Y19 मॉडल है आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स इसमें लगी है एफ तो चलिए हम फटाफट इसके एफ दिखा देते हैं कि इसमें एफ लगी है कि नहीं लगी नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर एग्री कर देते हैं और यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें एफ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई फ्रेंड तो इसमें गूगल सिक्योरिटी इसका जो वर्जन है 11 एंड्रॉयड वर्जन 11 होगा तो ये अपडेट अब जो न्यू अपडेट है न्यू सिक्योरिटी पैच है तो इसमें पैटर्न सिस्टम काम नहीं करेगा तो इसको मैं आपको न्यू मेथड बताऊंगा फ्रेंड्स तो इसकी FRP तो वीडियो के लास्ट इंड तक आप जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें जिससे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो गाइज इस, इसमें आप जो पैटर्न सिस्टम जो पुराना था उसमें ये काम नहीं करेगा तो हम इसमें जो भी मेथड है हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा तो यहाँ पे डोंट कॉपी कर देते हैं जस्ट अ सेकेंड अब यहाँ पे मैं एफ चेक करा रहा हूँ आपको कि इसमें एफ लगी कि नहीं तो देख सकते हैं वेरीफाई पिन में रहा है फ्रेंड तो वेरीफाई पिन यहाँ पर या तो पिन या तो गूगल आपको दो चीज़ यहाँ पर देना ही पड़ेगा या तो पिन या तो गूगल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तभी जाके आप इसे काम कर सकते नहीं तो तो मैं बताना चाहूंगा परेशान हो चुके हैं और आपका का, काफी सारा मेथड और टाइम लॉस हो चुका है फ्रेंड, तो हम इसको बहुत इजी तरीके से वन क्लिक में इसके फार पी हम अनलॉक कर देंगे बट उसके लिए होना चाहिए हमारे पास यूएमटी डोंगर तो हम यहाँ पे डोंगर को खोल लेते हैं आपने काफी सारे वीडियो देखा है अगर आपका बाईपास हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड अगर नहीं हुआ हो तो आप बहुत सारा परेशान हुए होंगे और बहुत सारा काफ़ी सारे दिक्कतें भी हुई होंगी आपको कि ये मेथड काम नहीं कर रहा है वो मेथड काम नहीं कर रहा है कोई टूल से भी नहीं हो रहा है तो आप यूएमटी सबसे बेस्ट है आपको जाना है टूल एंड एफ में गाइस और बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं हो जाएगा यहाँ पर तो हमें अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है वीवो तो अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर विवो और यहाँ पर अपना मॉडल ले लेते हैं फ्रेंड्स मॉडल है हमारा वाई 19. तो हम वाई नाइनटीन को ले लेते हैं और सिंपल और सिंपल हमेंट करता हूँ देख सकते हैं हमारा वैल्यूम अपडाउन दवा के फोन कनेक्ट हो चुका है और यहाँ बहुत इजी तरीके से इनेबल भी हो गया है और स्टिचिंग भी कर रहा है बूट कर रहा है फोन और ये देख सकते हैं अभी हमारा बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम समय में आप यहां पे देख सकते हैं एफ डंप हो चुका है फ्रेंड तो मैं डाटा केवल को निकाल लेता हूं और फिर अपने मोबाइल में आपको चालू करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में फ्रेंड एक मिनट के अंदर में आप उसकी आ, या रिमूव कर सकते हैं एक मिनट के अंदर में, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे जरूर से जरूर क्योंकि ऐसे ट्रिक मैं आपको लिए लेकर के आता रहूंगा तो आपने देखा कि बहुत ही कम समय में एफ इसकी रिमूव हो चुकी है जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हो तो चलिए इसको फाइनली हम चालू करके दिखाते हैं कि हमारा ये सक्सेस हुआ कि नहीं तो फाइनली चलिए करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ नेक्स्ट अब यहाँ पे भी कर देते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एग्री और फिर लास्ट में जा करके देखेंगे कि हमारा जो ये मेथड काम किया कि नहीं किया अब इसे कर देते हैं मोर मोर एक्सेप्ट नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं स्किप और यहाँ पे भी कर देते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं स्कीप स्किप और अब देखते हैं फाइनली कि हमारा ये जॉब डाउन हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं फाइनली हमारा ये जॉब डाउन हो चुका है बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जॉब डाउन हो चुका है तो ये मेथड आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्योंकि आपने मैंने बोला था हमेशा ये वही फ़ोन है तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा आप जानते हैं कि बहुत सारे इधर आप देखने को मिल सकता है कि अरे इससे फाइल हो रहा है उससे फाइल हो रहा है बहुत सारे मेथड को आप देख सकते हैं बट यहाँ पे आप देख सकते हैं वन क्लिक में हमारा ये रिमूव हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर और काफ़ी सारे बाईपास और ये काफ़ी सारे ये मेथड आपने देखा है मैंने आप बताया कि वीवो और ये सेलेक्ट करना है अपना फटाफट ये काम बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो देख सकते हैं आप फाइनली ये हमारा जॉब डाउन हो चुका है तो फ्रेंड्स आपने काफ़ी काफ़ी सारे टूल ट्राई किए होंगे कि यार ये इससे नहीं हो रहा उससे नहीं हो रहा तो ये मैंने देखा है आपको लाइव करके कि यू से आप कैसे इसकी वन क्लिक में अगर आप बाईपास मेथड फेल हो रहे हो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट दिन तक देखा तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बेल आइकन को ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे फ्रेंड मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच